hai paati ni ma light <laughs> paati ni ra paati ni na chobbar ki ni ha paati ni na kama paati ni na kaina de mai se chade kasme aggay tarakya na utte jawabya da ruchi karde room mujen barom na motey desi jekee satra ti kita sar kat gadde speakeran ch mat de ghoronde